प्यार से कहना धन जंकार जी आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर आया हूं और यह आशा करता हूं कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी कहानी का शीर्षक है आदमी कभी गरीब नहीं होगा लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे विनती करता हूं हमारे YouTube चैनल का नाम सतगुरु के चरणों में है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है तो अब देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं किसी नगर में एक राजा रहता था उसके चार बहुएं थी सबसे छोटी बहू निरंकारी परिवार से थी राजा के पास बहुत सारा धन वैभव था नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी समाज में भी बहुत आदर सम्मान था एक दिन राजा अपने शहन कच्छ में आराम कर रहा था मतलब कि राजा सो रहा था तभी उसको सपने में लक्ष्मी जी दिखाई पड़ी लक्ष्मी जी कह रही थी हे e, राजन बहुत दिनों से मैं तुम्हारे घर पर हूँ लेकिन अब तुम्हारे घर से जाना चाहती हूँ लक्ष्मी माता की बात सुनकर राजा बहुत उदास हो गया लक्ष्मी जी से बोला ए लक्ष्मी माता ऐसा ना करो अगर तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो हम तो गरीब हो जाएंगे इसलिए तुम हमारा घर छोड़कर मत जाओ लक्ष्मी जी ने कहा कि हम एक जगह पर बहुत दिनों तक नहीं रहते हैं हमें एक घर से दूसरे घर जाना ही होता है राजा ने उदास होकर लक्ष्मी जी से बहुत विनती किया कि तुम हमारे घर पर रुक जाओ राजा ने कहा कि जब से आप आई हो हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है मैं कभी किसी से नमस्कार नहीं करता हूँ परंतु हमें सभी लोग नमस्कार करते हैं मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ लेकिन हमारे घर सब लोग आते हैं आपकी वजह से सब लोग मेरा सम्मान भी करते हैं जाने के बाद ये सब कुछ नहीं होगा लक्ष्मी जी ने कहा मैंने कब तुमको मना किया था कि तुम किसी के घर न जाओ किसी से नमस्कार ना करो मुझे अब यहाँ से जाना ही पड़ेगा राजा ने राजा रोने लगा तब लक्ष्मी जी को राजा पर दया आ गई और राजा से बोली ठीक है राजन अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे घर से ऐसे नहीं चली जाऊंगी तुमको मैं एक वरदान देकर जाऊंगी, लेकिन तुम एक वाक्य में ही मांगना एक वाक्य में तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें देकर जाऊंगी। राजा बोला ठीक है मुझे आपकी आज की मोहलत दे दो मैं कल अपने परिवार से पूछकर आपको बताऊंगा। लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है अपने परिवार से पूछ लेना पर एक ही वाक्य में माँगना है इतना ध्यान रहे इतना कहकर लक्ष्मी जी अंतर ध्यान हो गई राजा जब सुबह उठा तो लक्ष्मी जी की बात याद करके उससे बहुत चिंता हो रही थी उसने सबसे पहले अपने परिवार के सभी लोगों को बुलाया और लक्ष्मी जी की बात सबसे बताई ये सुनकर राजा की सबसे बड़ी बहु बोली पिताजी आप लक्ष्मी जी से कहना कि वो हमें जितने भी पिक्चर हॉल हैं सब मुझे दे दें पिक्चर हाल से बहुत सारा रुपया आएगा इससे हम गरीब नहीं होंगे दूसरी बहू ने कहा नहीं पिताजी आप लक्ष्मी जी से बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा मांग लेने जिससे हमारे जीवन में गरीबी नहीं आएगी और हम अमीर बने रहेंगे तीसरी बहू ने कहा नहीं पिताजी लक्ष्मी जी से आप बहुत सारे खेत मांग लेना खेतों में बहुत सारा अनाज उत्पन्न होगा हम लोगों को खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी आप सबसे छोटी बहू का नंबर था जो निरंकारी परिवार से थी और गुरु भी थी उसने बड़े ही शालीनता से ढांढस बंधाते हुए राजा से कहा पिताजी आप चिंता ना करें कल आप लक्ष्मी जी से धन दौलत रुपया पैसा सोना चांदी खेती बाड़ी कुछ भी नहीं मांगना छोटी बहू की बातें सुनकर राजा की तीनों बहुएं एकदम सन्न रह गई छोटी बहू ने आगे कहा कि पिताजी आप लक्ष्मी माता से कहना हमारा राजपाट चला जाएगा जाने दीजिए हम गरीब हो जाएंगे कोई बात नहीं मेहनत करके खाएंगे किंतु हमारे पूरे परिवार में एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहे घर में एकता बनी रहे गरीब होने से हमारे घर में अलगाव पैदा ना हो फिर रात होती है सब लोग खाना पीना खाकर सोने चले जाते हैं रात में लक्ष्मी जी और आई और राजा से कहा बताओ राजा क्या मांगना चाहते हो परंतु एक ही वाक्य में मांगना राजा को अब किसी बात की चिंता नहीं थी किसी प्रकार का दुख नहीं था उसने लक्ष्मी जी से छोटी बहू ने जो कहा था सारी बातें बता दिया राजा की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली हे राजन अगर ऐसी बात है तो ठीक है अब तुम्हारे घर में किसी प्रकार का अलकाव नहीं होगा घर के सभी सदस्य एक साथ प्रेम से रहेंगे किसी के प्रति ईर्षा द्वेष की भावना नहीं होगी और राजन अब मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी, जाऊँगी सदैव आपके घर में रहूंगी, क्योंकि यहाँ पर प्रेम होता है एक दूसरे के प्रति नफरत नहीं होती है लक्ष्मी का निवास भी वही होता है तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे के प्रति बैर ईर्षा नफरत नहीं करना है सबसे प्यार से रहना है और अगर कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए लाइक भी कर दीजिए शेयर भी कर दीजिए और कमेंट भी करें धन निरंकार जी फिर अगले दिन प्रस्तुत होंगे एक कहानी के साथ धन निरंकार जी